शायर अंदाज में कुछ छोटी छोटी बातें लिखी हैं। छोटी बातें ये हैं, कोई समझ पाए तो देखिएगा गौर किए कि मेरे दोस्त, जाने क्या कर जाता है मेरे दोस्त, जाने क्या कर जाता है? तुझे देखकर मेरा शायर मर जाता है तुझे देखकर मेरा शायर मर जाता है और जिस दिन मिलते हैं दो जिगरी यार जिस दिन मिलते हैं दो जिगरी यार फिर उस रात कौन अपने घर जाता है कौन अपने घर जाता है और मनाई फिर भी जोश की गली गया मनाई है पर फिर भी जोश की गली गया वो असल में दिमाग से फिर जाता है वो असल में दिमाग से फिर जाता है वो असल में दिमाग से फिर जाता है वो असल में दिमाग से फिर जाता है कि मुझे सच सुनना ही नहीं है मुझे सच सुनना ही नहीं है क्योंकि सच सुनकर दिल हो दर बदर जाता है सच सुनकर दिल हो दर बदल जाता है और जो शख्स मेरी आँखों में चढ़ गया जो शख्स मेरी आँखों में चढ़ गया वो फिर हमेशा को मेरी नज़रों से उतर जाता है वो फिर हमेशा को मेरी नज़रों से उतर जाता है कि झूठ से जुड़ा है तो जुड़ा है सच सुनकर दिल हो दर बदर जाता है सच सुनकर दिल हो दर बदर जाता है कि जिस रात मिलते हैं दो जिगरी यार उस रात फिर कौन अपने घर जाता है कौन अपने घर जाता है